सो हेलो गाइज वेलकम टू दिस चैनल चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेलाइकन आ रहा है उसे प्रेस करके और ऑल्ट तो रख दीजिए क्योंकि हम जो नए नए लाटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको पहले मिल जाएगा माने नाम में शुभम मोहान आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फास्टैग दोस्तों आज इस वीडियो में आपके बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत बढ़िया अपडेट आ चुका है वो आई टी के ऊपर उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊँगा ओके okay, देर, देर ना करके चलते हैं वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन के ऊपर वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन को मैं ओपन कर, कर चुका हूं उसके बाद आपको जो थ्री थिएटर दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो एनालिटिक का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको साइड में करके ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ऑडियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देगी यहां पर लिखा होगा ऑदर वीडियोज योर ऑडियंस वॉचड लास्ट सेवन डेज और दूसरा है ऑदर चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस लास्ट ट्वेंटी एट डेज ओके ये जो दो अपडेट है वो आ चुका है ओके okay, मेरे भी चैनल पर अनेबल हो गया है लेकिन रिपोर्ट शो नहीं किया है दो तीन दिन में जो कि शो कर लेगा ओके okay, मैं बताऊँगा ये जो अपडेट दो आया है जो अपडेट में हमारा फायदा क्या होगा ओके जो फास्ट अपडेट है ऑदर वीडियोस योर ऑडियंस वॉच उसका मतलब है आपका जो ऑडियंस आपका जो व्यूअर्स है कौन कौन से वीडियो लास्ट सेवन डेज में देखने के लिए पसंद किए हैं ओके लास्ट सेवन डेज में आपका जो ऑडियंस व्यूअर्स है कौन कौन सी वीडियो देखना पसंद किए हैं और जो सेकेंड वाला अपडेट है ऑदर चैनल्स योर ऑडियंस वॉचेस लास्ट ट्वेंटी डेज लास्ट ट्वेंटी डेज में आपके जो व्यूअर्स से कौन कौन सी चैनल को विजिट किए हैं और कौन कौन सी चैनल के वीडियो को देख देखे हैं यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट शो करेगी ओके जो कि ये दो न्यू फीचर जो कि मेरे चैनल पर एनेबल हो गया है मेरे जो कि दो तीन दिन में आप पर मुझे रिपोर्ट शो कर देगी जो कि बहुत बढ़िया अपडेट है आपका व्यूअर्स कौन कौन सी चैनल और कौन कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं यहाँ पर आपको तो शो कर देगी। प्लीज़ आप भी चेक करके बताइए आपके चैनल पर ये जो फीचर है एनेबल हुआ है या नहीं हुआ है प्लीज़ चेक करके जल्दी से कमेंट पर कमेंट कर दीजिए या हुआ है तो बहुत अच्छा है नहीं हुआ है तो प्लीज़ भी कमेंट कर दीजिए उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो आपको मैं दे दूँगा थैंक यू और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कल एक वीडियो जो कि YouTube एप्लीकेशन में एक नया अपडेट हो चुका है उसके बारे में कल एक वीडियो आने वाला है प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल के ऊपर रख दीजिए क्योंकि कल जब मैं वीडियो अपलोड करके पब्लिक पब्लिक करूँगा वो आपको पहले मिल जाएगा और आप पहले जान पाओगे थैंक यू जय हिंद बंदे मातर कल कल को मिलते हैं थैंक यू